आपने अक्सर मिठाइयों पर और खाने की आइटम्स पर इस तरीके का सिल्वर वर्क या सिल्वर फॉइल लगा हुआ देखा होगा क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई और खाने पर इसे लगाया क्यों जाता है पर क्या इसको खाना सेफ होता है या नहीं सेफ्टी का तो नहीं पता बट चांदी का वर्क लगाने से मिठाइयों का टेस्ट बढ़ जाता है इसलिए उसको और महंगा बेचते है तेरे पापा की हलवाई की दुकान थी न पहले बड़ी जबरदस्त जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में इसलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए देखिये सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है की ये वो फॉल नहीं होती है जिसमें हम खाना लपेट कर रखते हैं वो एक्चुअली में एल्युमिनियम फॉइल होती है और मिठाइयों पे लगाई जाती है सिल्वर फॉइल। बोले तो चांदी का वरक क्योंकि सिल्वर फॉइल नेचर में नॉन टॉक्सिस होती है इसलिए फूड सेफ्टी रेगुलेशन के साथ इनको खाना सेफ माना जाता है सिल्वर वरक को मिठाइयों और खाने आरोप लगाने आरोप उनका टेस्ट बिल्कुल नहीं बदलता लेकिन सिल्वर की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह ऐसी मिठाई और खाने की आइटम की सेल्फ फ्लैट बढ़ जाती है इसलिए इनको यूज किया जाता है